सही कह रहा मस्ती ही कर लेंगे जानू जानू ये सब जानू आनू छोड़ो। अब आमली है। अरे बिजली तुम वो सेटिंग, गई, सेटिंग बेटिंग की तो बात है न करो हम तुम्हारे कोई चा नहीं लग रहा है हम सेटिंग की बात हम हाँ तो तुम्हारा नाम ब्लैक बोर्ड में लिखा अरे बिजली ये का बात हो गई? तुम्हारा नाम ब्लैक में में लिखियो। चिंकी, तो, कि ब्लैक ना ना लिखे। तो, तो गई। एक फिर बेकार आए गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे ससु घरे गुड़ खा जा का कुछ का अरे नहीं गुरुजी कुछ नहीं खतरनाक बच्चों तैयार हैं हाँ गुरुजी सब तैयार है छुटा गई जाते पड़ाओत, पड़ाओत, हमार हमारे गांव चलूगा या सर से सारे कपार बोले जाओ? भाई के साथे भाग सारे तुम समझ मनाओ तेना पढ़ रे, वो भाई जा ससु। तुम रहे तुर माता सिखाऊ भाई टीचर का कपार खा अरे गुरुजी हमारे गाँव में आई सही है कि जान है जाननी था हमने आज कुछ पढ़े मगर बीएससी में फॉर्म भरवा दी है हाँ रो पर जब प्रेजेंटी प्रेजेंटी गुरुजी जय बिल्कुल बकारी। रोज आपका दिमा की मांग नहीं आया बोली जाती हाँ प्रेजेंटी। नहीं बड़ी है मैं मोर रहा हूं। मैं भाई रहा हूं। बड़ी है यार। नाम मैं ना बारी है तो गांव गांव गांव गांव गांव मैं मैं मैं रहा रहा तुम्हारे तुम्हारे यार नाम ना बारी अरे बिटिया भरा सीधे जमना पाई यार मोगाऊं बिटिया तोार गांव तो धान नै नंबर 14 तो मररी गुरुजी पहली बात थे ना मैं माररी काय हो ना आ दूसर बात फिर जेंटी अच्छे से भरो करावां ना माररी ने हाय चिंटी है चिंते हां तो बिटिया चिंटी अब फिर जेंटी भर दे चिंटी यस सर हो हाँ, हां या बेटी या मुँह में अच्छी देखानी सी री बस इतने क्लास माँ सांप के सांप सार के बदमाश लड़का हैं खुले भाईस की नहीं घूमा ते कामना और उस सार की दयत लड़का हैं हाँ तो जानो आज ना आज माँ नहीं का मैं ना या का सांत कर दे मैं सांतांतना करी हूँ चूना खा लिया सांत कर लिया तो बातें बात हैं शांत शांत इतना मसूर मचाओ टीचर भाई हमारे क्लास आए हमार रंगबाजी करी थे आई तो थोड़ी बड़ा मोट प्रोग्राम बहुत नालायक नॉलेज यार तुम्हारे क्लास ऐसी जा ही रहा हूँ मैं प्रिंसिपल से राय तो आपकी सिका जा गुरुजी। पानी पी एक मारे गुरु जी प्रिंसिपल भेजो हम एक देख टीचर चना चबा गए। भाग गए हैं अरे तुम बहुत शैतान बच्चे हो अच्छो अभी रोकना तो रोक लो गुरुजी जा <laughs> इन बच्चों को कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा बच्चे इस क्लास के जा रहा हूँ बच्चों अब मैं तुम्हारे क्लास का भी नहीं आऊंगा जाते गुरु गुरुजी कहो ना भाई से तुम्हें हैं। जा आज जानू जानू चले के एक चुम्मी देता अबे क्लास पूरी माया दे तो सुबह बजे मिलते हैं। वहीं पर बात करेंगे ठीक है जानू आप जैसे भाई तू तो, तो सीखेंगे या यार भाई भाई भाई कुछ तो जा करो ढूंढ लिया को नहीं पता पता है रहे चलो छुट्टी हो गई जा रहे घर तो चली गयी घरे अब तुम आऊ करा अपने अपनी स्कूल से जा ठीक हाँ आपका वीडियो ऐसे मिलती रहे मस्त मस्त बस ला बाप के चक्करे में जाते नाइफ इंजॉय करा हम इंजॉय कर रहे हैं मगर हाँ भाई यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा लाइक जरूर करे हो। बस यही आपसी रिक्वेस्ट है